सबको सावधान करने के लिए है कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है छतरपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि किस तरह ऑनलाइन पढ़ाई के चक्कर में बच्चे मोबाइल में गेम खेलने के आदि हो रहे हैं और चोरी तक कर रहे हैं कोतवाली थाना क्षेत्र में एक मामला सामने आया है जिसमे दो नाबालिग बच्चे अपने ही घर पर चोर बन गए दरअसल ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान एक 16 साल का छात्र और एक 12 साल का छात्र पढ़ाई की जगह फ्री फायर गेम खेलने लगे उन दोनों को इस गेम की इस तरह लत लगी कि उन्होंने घर से मम्मी के सोने के हार और चेन चोरी कर बाजार में बेच दिए नया मोबाइल खरीदा और मोबाइल को चार्ज कराना शुरू कर दिया जब इनकी मां ने अपनी अलमारी से से सोने के हार और जंजीर चोरी होने की की सूचना लगी तो तो उन्होंने पहले अपने बेटे से पूछा तो उसने इंकार कर दिया। तब इस मामले की शिकायत एसपी से की गई उन्होंने मामले को गंभीर समझते हुए जांच करवाई तो मोबाइल में दोनों बच्चों की बातचीत से पूरा मामला खुलकर सामने आ गया पुलिस ने बच्चों के चुराए सोने के हार सोने चांदी की दुकान से बरामद कर बच्चों को समझाइश देकर विभाग उनके घर में कुछ सोना चांदी चोरी हुआ था और कुछ नकदी कम हुई थी जिस संबंध में शिकायत की गयी थी अभियान स्वयं चक हुआ था तो उन्होंने भी अपने मोबाइल पर सर्मिला और पुलिस ने जब जांच की तो उसमें पाया गया की घर के ही बच्चे जो ऑनलाइन स्टडी के लिए मोबाइल मिलता था उसमें गेम खेलने के आदि हो गए थे और उसमें रिचार्ज कराने के लिए और उन्होंने घर से पैसा और सोना चांदी चलाना शुरू कर दिया था इसमें दो बालकों ने मिल अपने ही घर से पैसे चलाए थे तीसरे बालक के साथ मिलकर इनकी योजना थी कि नए फ़ोन खरीदेंगे और फिर से उसको रिचार्ज कराकर फ्री फायर गेम खेलेंगे इस मामले में जब पूरी पड़ताल की गई तो कोई अपराध गठ पाया गया इसलिए बैधनिक कार्रवाई नहीं की गई चूँकि नाबालिग बालक थे उन्हें समझाइश देकर छोड़ा गया है और छतरपुर पुलिस सभी अभिभागकों से अनुरोध करती है अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखें और वो अगर इस प्रकार किसी गतिविधि में लिप्त है तो उन्हें सही समझाएं इस दिन संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक चंबर के पीड़ो से नक्सलवादियों के गढ़ झोपड़ी से महलों तक ठेलों से मेलों तक पगडंडियों ऐसी सड़कों तक गाँव ऐसी शहरों तक व्यापार ऐसी उद्योगों तक राजनीति ऐसी कूटनीति तक दखल न्यूज आपके हम आप देख रहे हैं दखल न्यूज